मम्मी का बाल है अरे बाप रे बाँ इतना बाल मम्मी के गिरा है और बाकी जहाँ जाती है वहाँ और ज्यादा बाल गिरता है इतने बाल से इकट्ठे मम्मी का बाल देखो इतना गिरा है क्या सरकार